हाँ हाँ बोलो ये भवानी मंडी का भांड्याबार दर्शनी स्थल है यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं अब आपको इस मेन गेट से अंदर की तरफ ले चलते हैं यहाँ पर तो, नहीं तो हुँ। थे थे। हुँ। ये अंदर की तरफ जा रहे हैं यहाँ जो ये साइड में जो बेंचें लग रही है ये श्यामगढ़ के दामोदर चिकित्सालय के व्यवस्थापक संस्थापक श्री अनिल जी राठौर दामोदर की तरफ से उनके पिताजी डॉक्टर जयराम जी, जी आलोक के द्वारा ये बेंचें यहाँ लगवाई गई है और अब और अंदर चलते हैं ये ये देखिएगा बेंचें को भी सीन है और ये ये जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक से दिए गए चित्र हैं अब आपको इसका परिसर का पूरा सीन दिखाते हैं एक यहाँ पर एक झांकी टाइप झांकी नुमा जो है बनी हुई है और ये बहुत दर्शनी और रात को जो है इसमें झलने वगैरह चलते हैं और कृष्ण भगवान की झांकी है और ये जो है बड़ी लुभावनी और बढ़िया झाँकी है अब आपको ये देखो मंदिर का जो है, है।, है ये पूरा इधर का परिसर है साइड में इस साइड में जो है भोजनाल यहाँ पर भोजनालय की व्यवस्था है कोई भी व्यक्ति अगर कोई पार्टी वगैरह रखना चाहे तो समिति से बुक करवा के पार्टी रख सकता है यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है हाँ ये मंदिर देव देव देवग्रह पर पहुँचने के लिए ये रास्ता है ये यहाँ पर देखिएगा आप तो ये तो आपको जो है बहुत शानदार जो है यहाँ की व्यवस्था है अब ये, ये जो इकतीस हज़ार रुपये दान के स्वरूप जो है शामगढ़ दामोदर से पैसा ले तो साहित्य मनीषी समाजसेवी श्री दया राम जी आलोक के आदर्शों से प्रेरित होकर डॉक्टर अनिल कुमार राठौर द्वारा इकतीस हज़ार रुपये की सीमेंट की बेचें यहाँ की समिति को दान दी गई है अब मंदिर प्रांगण में चलते हैं अंदर अंदर शूटिंग अंदर शुटिंग ये जो है अंदर जो है अपने बजरंगबली का स्थान है रोक हाँ बजरंग बजरंगबली का स्थान है ये देखिएगा